विधानसभा क्षेत्र से राम शिलाओं को लेकर प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भगवान श्रीराम के द्वारा अयोध्या पहुंचे जहां उन्होंने सैकड़ों वासियों और परिवार के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्टी महासचिव एवं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय को उक्त शिलाए सौंपी इन रामशिलाओं को पूजा अर्चना के बाद मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया भगवान के धाम अयोध्या पहुंचने पर श्री राम के जयकारे के साथ विशाल चल समारोह के रूप में रामशिलाओं को अपने हाथ में लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार पहुंचे जहां मंदिर के मुख्य पुजारी ने इन रामशिलाओं का विधवत पूजन किया वेदवंत उच्चारण और आरती के बाद इन रामशिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया इसके साथ ही भगवान श्री राम के धाम अयोध्या की यात्रा कराकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपना एक और चुनावी वादा पूरा किया है दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी तब तुर्की विधानसभा क्षेत्र में राम नाम की अलख जगाने का बीड़ा राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उठाया था जिसको उन्होंने अब पूरा कर दिया है इस दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि की आधारशिला रखकर पूरे देश सहित विश्व में रह रहे हिंदुओं को आस्था और एकता के सूप में बांधने का काम किया है यह हमारा सौभाग्य है कि सूर्य की जनता के साथ हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम जी की जन्मभूमि पर उनके दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ श्री राम की कृपा पूरे देश के लोगों के जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि लाए ऐसी प्रार्थना है